करना है शो, पीनी है इतनी ही सब धुमला सा दिखाई देगा टेंशन लाल यार आज बॉडी तेरा वाई देगा पीली है इतनी ही सब धुमला सा दिखाई देगा टेंशन यार, आज बॉडी तेरा याराई देगा